छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज मंडावी का रविवार सुबह हार्ट अटैक आने से निधन हो गया है मिली जानकारी अनुसार, के अनुसार सुबह मनोज मंडावी कांकेर के तिलगरा गांव में थे जहां उनको बेचैनी महसूस हुई और उल्टियां आने लगी। उन्हें फ़ौरन एम्बुलेंस से धमतरी लाया गया इसके लिए चारामा से धमतरी मसीह अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था डॉक्टर बता रहे हैं कि अस्पताल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी निधन की खबर मिलते ही अस्पताल में कांग्रेस नेताओं का मजमा लग गया डॉक्टरों द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मनोज मंडावी के पार्थिव शरीर को वापस उनके गृहग्राम भेज दिया गया है इस दुखद घटना के बाद उनकी पत्नी और बेटों का रो रो कर बुरा हाल था धमतरी महापौर और स्थानीय नेताओं ने मनोज मंडावी के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए शोक प्रकट किया है निश्चित रूप से उसके निधन से पूरा हमारी पार्टी दुख बहुत दुख हुआ है और इस पार्टी की क्षति जो है शायद ही वो हम पूरी कर पाए उसके लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती ठीक अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोज के बारे में अपडेट